थो नमस्कार 28 जनवरी दिन मंगलवार का राशिफल मेज से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में क्या नवीन सवेरा लेकर के आया है इस विषय वस्तु पर आज हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ आज के दिन को प्रभावी बनाने के लिए क्या ऐसे दिव्यतम से दिव्यतम प्रयोग करें कि आज शुभता में वृद्धि हो हनुमान जी महाराज की कृपा दृष्टि आप सभी के ऊपर बनी रहे लेकिन दर्शकों राशि फल पर आगे बढ़ें उससे पहले आज का पंचांग क्या कहता है इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं तो विक्रम संबद्ध दो सख संबत् उन्नीस दर्शकों परिधामी नामक संवत्सर चल रहा है 28 जनवरी दिन रहेगा मंगलवार सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर सत्तावन मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर चालीस मिनट पर दर्शकों आज जो तिथि रहेगी ये तृतीया तिथि है और तृतीया तिथि का जो समय रहेगा 28 तारीख को ये रहेगा आठ बजकर बाईस मिनट तक की इसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी तृतीय तिथि को परवर का सेवन नहीं करना चाहिए चतुर्थी तिथि को मूली का सेवन चतुर्थी को मूली या सफेद तिल का सेवन नहीं करना चाहिए ब्रह्मा व्यवस्थ पुराण में स्पष्टता इस इसकी मनाही है नक्षत्र की बात कर लेते हैं सतभिसा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा करण रहेगा गर इसके बाद वरिज और अंतिम करण रहेगा ये रहेगा विष्टिकरण योग रहेगा परिघ और शुभ समय पर आवाज आते हैं आज का शुभ समय क्या रहेगा तो यदि आपको कोई शुभ कार्यों को करना हो तो ग्यारह बजकर सत्तावन मिनट से लेकर के बारह बजकर चालीस मिनट के बीच आप लोग शुभ कार्यों को करिए अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा अच्छा समय रहेगा इसमें कार्यों की सिद्धि होती है अशुभ समय पर वही आ जाते हैं तो राहु काल का जो समय रहेगा ये दो बजकर उनसठ मिनट से शाम को चार बजकर बीस मिनट तक का जो समय रहेगा ये राहु काल का रहेगा राहु काल में शुभ कार्यों की मनाही रहेगी चंद्रदेव कुंभ राशि में चलायमान रहेंगे इसके बाद दर्शकों हम बताना चाहेंगे कि सूर्यदेव जो कि शनिदेव के पिता भी हैं ये कैप्रिकॉन मकर राशि में शनि के साथ अब चलायमान हो चुके हैं साथ ही साथ दर्शकों दिशा की बात कर लेते हैं तो देखिए मंगलवार दिन तो मंगलवार को उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए यात्राओं से आपको बचना रहेगा यदि करनी पड़ जाए तो गुड़ का सेवन करके आप यात्रा कर लीजिएगा और यात्रा करने से पूर्व आप कोशिश कीजिएगा कि पहले दक्षिण की ओर चार पग चलिए उसके बाद उत्तर की ओर यात्रा करें तो बेहतर रहेगा दर्शकों बढ़ते हैं राशिफल पर और राशिफल में जो हमारी पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि तो मेष राशि के जातकों आज मित्रों के सहयोग से रुके हुए आपके जो काम हैं ये पूर्ण होते हुए ग्रह इशारा कर रहे हैं आज आपके घर पर कोई दूर का रिश्तेदार भी आ सकता है आज आपके घर में किसी जो है धार्मिक उत्सव का या किसी मांगलिक कार्य का आयोजन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है खास करके जो मेष राशि के जातक हैं प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़े हुए हैं प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन फायदा दिलाने वाला रहेगा आज आपको नए और पुराने दोस्तों से मिलने का मौका भी मिलेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज हनुमान अष्टक का पाठ करिए और हनुमान जी महाराज को आज बेसन से बना हुआ कोई जो है भोग लगाइए आपके सारे मन चाही मुरादें पूरी होंगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है वृषभ राशि वृषभ राशि के जातकों आज किस्मत आपके साथ रहेगी आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी आज भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आपका रुझान बढ़ेगा व्यक्तिगत समस्याएं हल होती हुई दिखाई पड़ रही हैं किसी भी काम के बारे में गहराई से विचार करेंगे तो नतीजे आपके पक्ष में आ सकते हैं आज घर और ऑफिस दोनों जगह का माहौल आपके लिए खुशनुमा रहेगा आज के दिन किसी कोशिश करिएगा कि कन्या को लाल रंग की चुंदरी या लाल रंग का कोई रुमाल होता है इसको आप दे दीजिएगा और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का यदि तीन बार पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आज के दिन लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो मिथुन राशि के जात को फटाफट देखिए दर्शकों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और फटाफट इस वीडियो को भी आप लोग शेयर करिए मिथुन राशि आज आप कोई नया काम शुरू करने की यदि सोच रहे हैं तो शुरू कर सकते हैं मिथुन राशि के जो छात्र बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं तो आज उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे यदि कोई एग्जाम्स वगैरह आप देने जा रहे हैं तो निश्चित ही आज उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी आज आपके कामों में जो रुकावटें आ रही थी ये शाम तक की दूर होती हुई दिखाई दे रही आपके सूझबूझ के कारण मिथुन राशि के जातक जो लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं इनको आज भाग करनी पड़ सकती है आज किसी की मदद आपको बाहरी व्यक्ति की मदद मिलती हुई दिखाई पड़ रही है साथ ही साथ सरकारी काम में जो आप कोई टेंडर लेना चाहते हैं कोई ठेका लेना चाहते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और वो टेंडर आज आपको प्राप्त होगा आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पका हुआ भोजन कराइएगा तथा आज हनुमान जी के मंदिर में गुड़ और चने का भोग लगाइएगा आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होंगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पिंक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है कर्क राशि कर्क राशि के जातकों आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा बच्चों का सहयोग न मिलने पर थोड़े से आज, आज आप लोग परेशान हो सकते हैं नए काम में भाग्य का साथ मिल सकता है आज धन प्राप्ति के अच्छे योग बन रहे हैं अपने व्यापार से आज बहुत अच्छा आप बिजनेस कर सकते हैं कर्क राशि के छात्रों को आज अपनी मेहनत का फल हासिल होगा किसी एग्जाम में जो है सफलता हासिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज का दिन जो है सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कराएगा लेकिन कुछ कार्यों में आपके व्यवधान भी आ सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा आज हनुमान जी महाराज का आप ध्यान करिए सुंदरकांड का पाठ करिए साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जा कर के हनुमान जी के दर्शन करिए और आज आपको हनुमान जी के समक्ष दंडवत प्रणाम करना रहेगा तो माता पिता गुरु और ईश्वर इनके सामने दंडवत प्रणाम करने से कभी चूकीिएगा नहीं आप लोग शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा आज रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा आठ सिंह राशि आज आपका ध्यान धार्मिक कार्यों में लग सकता है शाम तक किसी धार्मिक आयोजन में भी आज, आज आप लोग प्रतिभाग करेंगे बिजनेस और कामकाज से जुड़ी हुई परेशानियां आज खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है देखिए आज, आज आपको कोई सरप्राइज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है खास करके सिंह राशि के हैं और पत्रकार हैं तो आज कार्य में आगे बढ़ने के नए मौके आपको मिलेंगे आज सिंह राशि के जातकों के जो रुके हुए डम्प पैसे हैं ये आपको वापस मिल सकते हैं आज के दिन आप लोगों को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आर्थिक स्थिति अच्छी हो इसके लिए क्या करना होगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज जो है हनुमान जी की जो आरती होती है इसको आपको कपूर से करना रहेगा साथ ही साथ श्री मंत्र का मानसिक रूप से 108 बार जाप करेंगे तो इसमें त्वरित परिणाम आपको प्राप्त होंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक हमारी जो अगली राशि आती आती कन्या राशि कन्या राशि के जातको आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा आज आपका समय बच्चों के साथ बहुत अच्छा बीतेगा आज आपके बच्चे कुछ अच्छा अचीव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कुछ नया और सकारात्मक काम आज आप लोग कर सकते हैं अपनी दिनचर्या में बदलाव करके छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आज आप लोग छुटकारा पा सकते हैं आज आपके लिए योजना बनाने का दिन है मेहनत करने से भी आज ज़्यादा कारगर आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है आज करियर में अच्छे चांस मिलेंगे इसलिए जम करके मेहनत करिए कोई परीक्षा का परिणाम या कोई नई नौकरी या कोई प्राइवेट नौकरी आज आपको मिल सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज हनुमान जी को आप कोशिश कीजिए लाल रंग का चोला आप लोग चढ़ाइए और सुंदर कांड का आप लोग पाठ करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार लिब्रा जी हां तुला राशि तुला राशि के जात को आज आपका दिन मिलाजुला परिणाम देने वाला रहेगा परिवार में आज किसी सदस्य से थोड़ा सा विवाद हो सकता है बेहतर होगा कि आज बेवजह किसी बातों में दखल देने से बचिए जो छात्र परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा निराशा भरा दिन रह सकता है उनका कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं होंगे और एग्जाम में आज आपको सफलता नहीं मिलेगी तो बेहतर रहेगा मन लगा करके पढ़िए आज का दिन आपके काम में स्थिरता लाएगी कोई नया काम आज आप लोग शुरू कर सकते हैं पूर्व में किए गए निवेश आज, आज आपको अच्छा बेहतर धन लाभ देंगे वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं क्योंकि जो आपकी तुला राशि है और तुला राशि के जात को सनी की ढैया भी देखिए आपकी प्रारंभ हो चुकी है तो कोशिश कीजिएगा कि आज, आज आप लोग सुंदरकांड का पाठ करिए साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जा के चमेली के तेल में पीला सिंदूर आपको मिक्स करना है और हनुमान जी महाराज को आज आपको लेप लगाना होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लू नीला रंग और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि मुस्कुराइए कि आपकी शनि की साढ़े साथी खत्म हो गई है तो वृश्चिक राशि के जात को रुके हुए काम पूरे होंगे आज अचानक कहीं से भी आपको धन लाभ हो सकता है वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा आज आप किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं लेकिन अच्छा होगा कि विषय से जुड़े लोगों की सलाह ले लें आज दाम्पत्य जीवन में आपके थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है जिससे आज आपका मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है आज का दिन आप लोगों के जो है सफलता का दिन रहेगा किसी जो है आपने जो है यदि पूर्व में धन दिया है तो आज वो धन आपको रिटर्न प्राप्त होगा वापस मिलेगा दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी धार्मिक यात्राओं का योग है किसी मांगलिक उत्सव में शामिल होने के लिए आप जा सकते हैं लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज के दिन आपको प्रयास ये करना है कोशिश ये करना है बंदरों को गुड़ और चना खिलाइए साथ ही साथ आज आप लोग नमक को एवाइड करेंगे तो बेहतर रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और, और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ सर्जिटेरियर धनुराशि धनुराशि के जात को आज आपका दिन अनुकूल रहेगा आज आप किसी काम में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ नया करेंगे आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना बढ़िया रहेगी आज लबमेट एक दूसरे को कुछ उपहार दें इससे रिश्तों में जो है मजबूती आएगी खुशियाँ आएंगी और नयापन आएगा आज आपके तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे उच्चाधिकारियों के आज आप लोग कृपा पात्र बने रहेंगे आज आपके उच्चाधिकारी आपको कोई प्रमोशन दे सकते हैं सैलरी में इंक्रीमेंट वगैरह दे सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो 11 बार हनुमान चालीसा का आज आपको पाठ करना रहेगा साथ ही साथ आज हनुमान जी को लाल रंग की चुंदरी आपको अर्पित करनी रहेगी तो शुभ कलर क्या रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ बढ़ते हमारी अगली राशि कैप्रिकॉन जी हाँ मकर राशि की ओर तो मकर राशि के जात को आज आपका दिन अच्छा रहेगा व्यवसायिक प्रगति के लिए आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है धन लाभ का योग बन रहा है आर्थिक पक्ष भी आज पहले की अपेक्षा और ज्यादा मजबूत होगा आज परिश्रम का आपको पूरा लाभ मिलेगा आज वैवाहिक समस्याओं का समाधान होगा जीवन साथी के साथ आज आप लोग कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं बाहर जा सकते हैं और आज आपके कार्यक्षेत्र में निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी जो लोग जुडिशरी से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही विशेष रहने वाला है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है गजेंद्र मोच का पाठ करिए साथ ही साथ आज हनुमान जी के आपको दर्शन करने रहेंगे गाय को बेसन से बनी हुई कोई मिष्ठान आपको अर्पित करना रहेगा खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा, रहेगा, रहेगा पांच एक्वायर्स कुंभ राशि कुंभ राशि वाले आज आप लोग खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे खास करके उस आज, आज जो आपके अंदर ऊर्जा आएगी तो उससे लग करके मेहनत से काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो लोग इंजीनियर हैं जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं जो लोग कंप्यूटर संचार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको आज जरूर सफलता मिलेगी आज तरक्की के नए रास्ते आपको मिलेंगे आय के स्रोत बढ़ेंगे किसी काम को लेकर के जीवन साथी की सलाह आज आपको काम आएगी लमिट के लिए आज का दिन काफ़ी बढ़िया रहने वाला है आज आपके सभी कष्टों का निवारण बस करना यही रहेगा कि आज के दिन आपको जो है विकलांगों को कुछ आयोजन हो सकता है रामचरित मानस का पाठ हो सकता है कोई भी फैसला लेने से पहले उस पर आज विचार कर ले तो बेहतर रहेगा किसी पुराने विवाद का फैसला आएगा यात्राओं का योग बन रहा है परिवार वालों के सहयोग से आज रुके हुए कार्य पूरे होंगे दोस्तों के साथ कहीं आज आप लोग घूमने का प्लान बना सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई के प्रति गंभीरता आज उनकी बढ़ेगी जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें आज किसी अच्छी कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आ सकता है आज के दिन उपाय क्या करना रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग जो है धर्म स्थान की सफाई करिए साथ ही साथ सुंदर का पाठ करिए और गरीबों में प्रसाद का वितरण करिए फलों का वितरण करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा